क्या कह राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए ये उनके शब्द है ना मोदी सरकार से बड़े बे करके बाहर किए गए रविशंकर प्रसाद जी को इतनी सी बात समझ न आई निकल पड़े झूठ फैलाने और पकड़े गए ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राहुल गांधी पर झूठा आरोप लगाकर और उसे जनता में फैलाने व इनके इमेज को प्रभावित करने की सफाई में ट्वीट की है कांग्रेस के होनहार सीनियर लीडर राहुल गांधी लंदन कैम्ब्रिज में भाषण देने के लिए गए गए जहाँ इन्होंने भारत व विश्व के से जुड़े कई मुद्दों पर अपना विचार रखे इनके भारत को लोकतंत्र के बारे में इनसे भारत के लोकतंत्र के बारे में वर्तमान हालात के बारे में पूछा गया इस पर राहुल जी दो टूक भाषा में जवाब दिए सच्चाई से लोगों का अवगत करा दिया सच्चाई सच्चाई होती है यह ज़्यादातर लोगों को कड़वी ही लगती है लेकिन इस पर पर्दा डालकर घर तो चलता ही नहीं देश क्या चलेगा राहुल गांधी के दो टुक भाषणों को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया में कहा क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए ये उनके शब्द हैं ना रविशंकर प्रसाद इस बयान को ऐसे दिए हैं जैसे राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान दे दिया हो देश के मूलभूत समस्या पर बोलना सभी भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है संविधान के द्वारा दिया अधिकार को दबाना व उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना संवैधानिक व लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता रवि रविशंकर प्रसाद के इस बयान और उनके हाव भाव से साफ नहीं होता कि भारत में बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है जबकि भारत के लोकतंत्र स्थिति से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा था यह हमारी समस्या है यह भारत की आंतरिक समस्या है यह हम सभी भारतीयों का समस्या है और हम और इसका समाधान हम सभी भारतीयों के पास है हमारे देश के लोगों में निहित है इसका समाधान देश के बाहर या बाहरी लोगों के हाथ में नहीं है यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद वो दिस इज इट्स आवर प्रॉब्लम राइट इट्स इट्स एन इंडियन प्रॉब्लम um